तो तुझे भागना है तेज भागना है स्टेमिना भी बढ़ाना है और उस रेस में फर्स्ट भी आना है तो भाई नए जूते नई सॉक्स नई बनियान नई निक्कर और नए हेडफोन्स तो ले लिए लेकिन नया जोश भी लिया है या आज भी उसी पुराने थकेले वाले के साथ निकल पड़ा